हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रिव्यू ले आया हूँ ये बोट uh, का वायर्ड बास हेड 900 हेडफोन uh, है इसको मैं पिछले डेढ़ साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों आपके साथ शेयर करूँगा uh, और बताऊँगा कि ये हेडफोन क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए तो मैं वर्क फ्राम होम जैसे स्टार्ट हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट हेडफोन मैंने ट्राई किए वायरलेस भी ट्राई किया और वायर्ड भी और ये हेडफोन मुझे आ, क्यों सही लगता है क्योंकि ये बहुत ही कम प्राइस में है वायर्ड है तो फिर मुझे इसको चार्ज करने के लिए आ, चार्जिंग प्लग में नहीं लगाना करना पड़ता है डायरेक्ट मैं इसको प्लग इन करके यूज़ कर सकता हूँ 3.5 पॉइंट mm जैक है इसके साथ तो लिमिटेशन है जब आईफोन के साथ या फिर मैक के साथ आप इसको यूज करना चाहो तो नहीं कर पाओगे वहाँ पे एक प्रॉब्लम है अदरवाइज अड्रॉयड के साथ या नॉर्मल लैपटॉप के साथ आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं इसमें एक फोल्डेबल ऑप्शन है तो अगर आप इसको फोल्ड करके ऐसे रखना चाहो तो आप देख रहे हो कि बहुत ही कम स्पेस लेता है इसके साथ आप वायर को भी फोल्ड कर सकते हो तो बहुत ही कम स्पेस लेता है आ, इसमें हमें दो दोनों साइड इसको एक्सपेंड करने के लिए भी मिल जाता है तो अगर आप इसको यूज करना चाहो तो आपको इनफ स्पेस मिल जाता है किसी का अगर ब्राश है तो भी यूज कर लेता है कैप है टर्बन है तो उसके साथ फिट आ जाता है इसमें एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे कंट्रोल के लिए एक ही बटन है तो आंसर के लिए स्टॉप के लिए म्यूजिक अगर आप सुन स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है इसमें हमें वॉलूम अप डाउन का कोई बटन नहीं दिया रहता है एक डिसडवाटेज है इसका जो मुझे बहुत एक अच्छा चीज़ लगा वो इसके जो जैक के पास ये यहाँ पे जो एक स्प्रिंग है ये बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारे जो जैक्स होते हैं यहाँ से टूट जाते हैं बार बार वो मुड़ने की वजह से यहाँ से जल्दी टूटते हैं पर इसमें ये जो स्प्रिंग दे रखा है इसकी वजह से ये इसको डैमेज होने से बहुत ही बचाता है कई बार ये ऐसे ऐसे मुड़ गया या फिर इस पर कोई ऑब्जेक्ट्स ये मुड़ गया कोई फर्क नहीं पड़ता अभी तक ये बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट है और इसकी जो कुशनिंग है थोड़ा रफ यूज कर लिया कैब के ऊपर ऐसे यूज करके और इसको मैं ऑफिस जाते हुए भी यूज किया तो दिन भर इसको जब यूज किया तो वहां पर थोड़े स्क्रैचेस आ गए जिसकी वजह से यहाँ से थोड़े इसके कपड़े जो है कुशन जो है थोड़ी सी निकल गई बट फिर भी Uh, इससे कोई इशू नहीं है बट थोड़ा सा निकल गया आफ्टर वन एंड हाफ ईयर तो काफ़ी टाइम हो गया है। uh, अभी मैं आपको इसका साउंड क्वालिटी आपको बता देता हूँ साउंड uh, जो सुनने में आता है वो बहुत ही अच्छा रहता है इसका uh, बहुत ज़्यादा बैस भी नहीं है जैसे बोट का वायर के नॉर्मल 600 uh, इयरफोन में आता है, उतना ज्यादा नहीं है बिल्कुल बेसिक सा है इसका जो ये कैप uh, है ये बहुत uh, बड़ा नहीं है मतलब सिंपल है छोटा था बट इजली फिट आ जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अभी मैं नॉर्मल uh, लैपटॉप की आवाज आप सुन रहे थे और अब आप सुनेंगे इस बोर्ड के हेडफोन के द्वारा जाएगा तो आप uh, आवाज को रिवाइन करके आप देख सकते हैं, हाँ है कि क्या डिफरेंसेस आए हैं बट मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बहुत ही अच्छा uh, इसका जो साउंड है बहुत ही मतलब मुझे मुझे काफी सही लगा अगर आप इसको यूज करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा प्राइस की बात करते हैं तो जनरली ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हेडफोन है फ्लिपकार्ट ढाई लाख लोगों ने अभी तक ले लिया है इसको और अभी भी कंटिन्यू है इसका जो प्राइस स्टार्ट हुआ था तो वो एट से समवेयर स्टार्ट हुआ था तो और अभी भी आपको आठ सौ साढ़े मिल जाएगा मुझे ये मिल गया था 600 में जब भी कभी कोई सेल आती है तो ये 600 500 600 में मिल जाता है बट आई थिंक 600 हंड्रेड वर्थ है दो साल में डेढ़ साल में दोस्तों और क्या चाहिए आप लोगों को इसके बाद मैंने एक हेडफोन लिया था oneplus का 2000 का वो था और वो एक साल दो महीने के बाद वो खराब हो गया उसका वन साइड में अब आवाज़ नहीं आती कभी कभी दोनों साइड में नहीं आती तो कम्पलीटली दैट मतलब इतना सारा पैसा खर्च करने के कंपेयर में तो सिक्स हंड्रेड डेजी छी पर वर्थ है अगर आप इसको लेना चाहें कम रेंज में अगर आपको कोई हेडफोन चाहिए तो आप इसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं थैंक यू